दोस्तों आज वीडियो में आप सबको बताने वाला कि कैसे आप सब हाइडर की तरह किसी भी नॉन कॉपी वीडियो क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हो तो बस आप इस वीडियो को तक देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग हाइडर की तरह किसी भी नॉन कॉपी वीडियो क्लिप्स को डाउनड कर सकते हैं तो बिना किसी भी तरीके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो के तरह किसी भी नॉन कॉपीराइटेड वीडियो क्लिप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी इसका नाम है इमेज सर्च मैन तो इस का लिंक मैंने तो तो डाउनलोड कर लीजिएगा डाउलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपको सिंपली सर्च वाले बन पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जिसमें डाउन लड़ना है आपको यहाँ पर सर्च करना है जैसे आपको बल में लिखना है क्योंकि आपको जितने भी कार्टून क्लिप देते हो वीडियो में ये सब वीडियो क्लिप्स नहीं होते जीआईएफ होते हैं, तो आपको कार्टून वीडियो क्लिप्स को डाउनलोड करने के लिए बगल में जीआईएफ आफ लिख देना है उसके बाद आपको ये सिंपली सर्च करना है और जैसे आपको सर्च करोगे आपके सामने अनलिटेड कार्टून वीडियो क्लिप्स देखने को मिल जाएंगे तो आपको अपने कार्टून वीडियो क्लिप को डाउनलो करने के लिए सिर्फ आपको करना है जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ओपन हो जाएगा आपको आप आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा टॉपिक पराउलोड करना चाहते हो तो आपसे की रिलेटेड एक वीडियो क्लिप चाहिए तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अनलिमिटेड कार्टन क्लो कर रहे हैं आपको देखने को मिलेंगे तो उनको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एंड डाउनलोड करने के लिए सिम्पी आपको कुछ डाउल वाला आइन पर क्लिक करना है उसके बाद आपका डाउल हो जाएगा आप सब नीचे तो जैसे कि आप लोग दे सकते हो ये सब वीडियो क्लिस भी अपने वीडियो में यूज करते हैं, तो इनको करने के लिए, आपको पसंद आगेगा तो वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब करके ही अगर आप सब अपने